हेलो फ्रेंड्स आज हम रेडीमेड ब्लाउज़ में हम बाजू कैसे सेट करते हैं आज हम ये सीखेंगे ये देखिए ये हमने एक रेडीमेड ब्लाउज़ लिया है बिना बाजू का अब हम इस पर बाजू लगाएंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं ये हमने बाजू का कपड़ा लिया है इस तरह से हम आधे आधे इंच की कटाई कर देंगे दोनों बाजू के हम इसकी फिटिंग के धागे को हम तोड़ देंगे और इस तरह से हम हाफ बाजू पे निशान लगा के इस तरह के हम हाफ पार्ट को सील देंगे इस तरह से बाजू को रखते हुए देखिए आपको भी बिल्कुल इसी तरह से रखना है इसी तरह से हम दूसरी बाजू के हाफ पार्ट से लेकर हमने हाफ पार्ट इसलिए लिया है क्योंकि बाद में हम देखेंगे कि हमारी छोटी बड़ी बाजू हो गई है तो इसलिए हम हाफ हाफ पार्ट को लेकर हम सी तो हमारा कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होगा इस तरह से हम अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग निशान लगाते हुए हम बाजू को बंद कर देंगे इसी तरह से हम दूसरी बाजू को बंद कर दें ये देखिए हमारे बाजू लगकर रेडी हो चुकी है देखिए कितनी आसानी तरीके से हमने बाजू को सेट कर दिया आप भी लगाइए और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा मेरा ये आसान तरीका थैंक यू वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें